सो so, हेलो दोस्तों और एक नया वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सो लोग आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अपने YouTube के अंदर कोई एक वीडियो अपलोड किया उसके बाद वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ चुका है यहाँ पर आप देख सकते हो तो मेरे पास बहुत सारा Instagram पर DM आ रहा है बहुत सारा मैसेज भी यहाँ पर आ रहा है कमेंट भी यहाँ पर आ रहा है भाई कॉपी क्लेम क्या होता है और हम लोग इसको कैसे रिमूव करें कॉपीराइट क्लेम आने से चैनल को कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा तो आज की इस वीडियो में वो ही बतने वाला हूं तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना इस वीडियो को कम्प्लीट देखने के बाद आपको पता चल जाए कॉपीराइट क्लेम क्या होती है तो चलिए आज किस वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आज भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन को प्रेस कर लेना अपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है जरूर से एक लाइक कर देना है मेरे भाई तो चलिए आज किस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सुबह लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं वीडियो में कॉपी क्लेम यहाँ पर क्यों आ रहा है सुबह लोग जब भी आप वीडियो अपलोड कर रहे हो और उस वीडियो के अंदर अपने कॉपी म्यूजिक यूज़ किया जिसके वजह से आपके वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ रहा है मान लो गा इसने कोई भी एक बॉलीवुड का म्यूजिक वीडियो में यूज़ किया उसके वजह से आपके वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ रहा है इसका सॉल्यूशन क्या है सबसे पहले आप जब भी वीडियो को एडिट करोगे उसी टाइम पे आपको यहाँ पर नो कॉपी म्यूज़िक आपको ऐड करना है नो कॉपी म्यूजिक ऐड करने के बाद आपके वीडियो में कोई भी यहाँ पर कॉपी क्लेम नहीं आएगा तो सबसे पहले मैंने एक वीडियो बनाकर रखा है आपका गेमिंग चैनल है तो मैंने एक वीडियो बनाकर रखा है टॉप 10 नो कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक पर आप वीडियो देख सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हो उस वीडियो को देखने के बाद आपको टॉप टेन बेस्ट गाइस यहाँ पर नो कॉपी बैकग्राउंड म्यूजिक आपको देखने को मिल जाएगा तो भाई उसके बाद बात कर लेते हैं वीडियो में यहाँ पर कॉपी क्लेम आने से आपका चैनल के अंदर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा सबसे पहले एक चीज आप लोग को बता दू कॉपीराइट क्लेम आने से आपके चैनल के अंदर कोई भी यहां पर प्रॉब्लम नहीं होगा अगर दोस्तों आपका चैनल मोनेटाइज है और उस वीडियो से जो भी आप रेवेन्यू ऑन करोगे सारा रेवेन्यू उसी म्यूजिक कंपनी के पास चला जाएगा जो कंपनी आपको यहां पर कॉपीराइट क्लेम दिया है तो आपको यहां पर कोई भी पैसा नहीं मिलेगा उस वीडियो से इस चीज़ को हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा और बहुत से मैं लोग एक यहाँ पर मिस्टेक कर दे कर बैठते हैं कॉपी क्लेम अलग है कॉपी स्ट्राइक अलग है तो बहुत से मेरे कमेंट करके बोल रहे हैं भाई मेरे वीडियो में दो तीन कॉपीराइट क्लेम आ, आ चुका है तो मेरा चैनल अभी डिलीट हो जाएगा तो मैं क्या करूं तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है इस कॉपी स्ट्राइक आ है कॉपीराइट क्लेम आ है तो आपके चैनल के अंदर ओनली थ्री मंथ के अंदर तीन यहाँ पर स्ट्राइक आ चुका है तो आपका चैनल यहाँ पर डिलीट हो सकता है इस चीज़ को हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा उसके बाद अगर बात कर लेते हैं आपका वीडियो में कॉपी क्लेम आया तो उसको आप कैसे रिमूव करोगे आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो कम्प्लीट आप देखते रहिए सुबह लोग सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है उसके बाद आपको सर्च बार में सर्च करना है यूट्यूब डॉट कॉम यूट्यूब कॉम सर्च करने के बाद आपका यूट्यूब यहाँ पर ओपन हो जाएगा उसके बाद अगर दोस्तों आपका चैनल यहाँ पर लॉगिन नहीं है तो चैनल को सबसे पहले आप लॉगिन कर लीजिए उसके बाद सी डॉट के ऊपर क्लिक करिए उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्क साइट यहाँ पर आपको चूज कर लेना है डिस्क साइट चूज़ करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर चैनल लोगों के ऊपर फिर से क्लिक करना है उसके बाद आपको यूट्यूब स्टूडियो के ऊपर क्लिक करना है यूट्यूब स्टूडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका यूट्यूब स्टूडियो यहां पर ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको यहां पर कंटेंट के ऊपर क्लिक करना है मतलब आपका वीडियो के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका सारा वीडियो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो मेरा फर्स्ट वीडियो में यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम आया है तो इसको मैं यहाँ पर रिमूव करना चाहता हूँ सबसे पहले करना क्या है कॉपीराइट क्लेम के ऊपर वो क्लिक करना है कॉपीराइट क्लेम के ऊपर क्लिक करने के बाद सी डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करना है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर सारा डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाए कौन सी म्यूजिक पर यहाँ पर कॉपी क्लेम आया है यहाँ पर आप देख सकते हो रेवेन्यू यहाँ पर शेयर होगा यहाँ पर सारा चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर कौन सी टाइम से यहाँ पर कितना टाइम तक यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम है यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा पूरा वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ चुका है मैंने एक बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक यूज़ करी थी यहाँ पर आप देख सकते हो तो सबसे पहले यहाँ पर से इसको आप रिमूव कर सकते हो और म्यूज़िक यहाँ पर से आप म्यूट भी कर सकते हो सबसे पहले आपको सिलेक्ट एक्शन के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पर आप सारा चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा रिप्लेस सॉन्ग म्यूट सॉन्ग तो यहाँ पर मैं रिप्लेस सॉन्ग के ऊपर क्लिक करता हूँ रिप्लेस सॉन्ग के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ पर लोडिंग हो रहा है उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सारा चीज़ें यहाँ पर आ चुका है उसके बाद यहाँ पर से आप कोई भी म्यूज़िक यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो ये जो सारा म्यूज़िक है ये YouTube ऑडियो लाइब्रेरी का म्यूज़िक है यहाँ पर से ये सारा म्यूज़िक यूज़ करने के बाद आपके वीडियो में कभी भी यहाँ पर कॉपी क्लेम यहाँ पर नहीं आएगा तो यहाँ पर सब म्यूज़िक यहाँ पर रिप्लेस भी यहाँ पर आप कर सकते हो तो मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ उसके बाद यहाँ पर फिर से क्लिक करता हूँ और यहाँ पर म्यूज़िक को भी यहाँ पर म्यूट भी कर सकते इसको मैं क्लिक करता हूँ क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद कन्फर्म कर देने के बाद आपका यहाँ पर म्यूज़िक यहाँ पर म्यूट भी यहाँ पर हो जाएगा तो मैं ये सारा चीज़ें नहीं करना चाहता हूँ जस्ट आप लोग को दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप सॉन्ग को रिप्लेस भी कर सकते हो सॉन्ग को यहाँ पर से आप म्यूट भी कर सकते हो तो आसानी से ये सारा चीज़ें कर सकते हो आई होगा इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो भी डाउट था वो सारा डाउट यहाँ पर क्लियर हो चुका है कॉपीराइट क्लेम के बारे में तो ये वीडियो आपको पसंद आई है जरूर से एक लाइक कर देना और अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर बेल बेलाइक को प्रेस कर लेना सुबह लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर